फ्रेंड YouTube में कोई वीडियो देखते हैं सपोज़ उसकी लैंग्वेज हिंदी आ रही है आपको वहाँ इंग्लिश करनी है तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड उसके लिए जिसने वीडियो बनाई है अगर उसने कैप्शन में हिंदी और इंग्लिश ऐड कर रखे हैं तो आप इस तरह से देख पाएंगे तो आप वीडियो को ओपन करेंगे सेटिंग पे क्लिक करेंगे या कैप्शन पर जाएँगे या यहाँ आप चेक कर पाएंगे कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें कैप्शन में हिंदी इंग्लिस या और कोई लैंग्वेज है या नहीं अगर है तो जिस लैंग्वेज में आपको देखनी है तो आप वहाँ से सेलेक्ट करेंगे अभी मैं ऐसे इंग्लिश कर लेता हूँ फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे इंग्लिश में लिखा आ रहा है अभी मैं फिर सेटिंग पे जाता हूँ कैप्शन पे जाता हूँ यहाँ हिंदी भी ऐड हुई हुई है तो हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ प्ले करता हूँ तो अभी हम हिंदी में देख पा रहे हैं तो फ्रेंड इस तरह से जिस लैंग्वेज में आपको देखना है हम इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए कैरियो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू